चरणी में आई जाता दिल के सज राखिया हृदय रूपी चरनी में आई जाता ये शोर दिल के सजा सल जा रखिया हृदय रूप चल जा रखिया को चार विश्व में जा रखिया रूपी चरणी में आ जाता मिल के सजा किया मर